Di sum na gana, am kita maganda. Birisa am chiming ng ma. Di sum na gana. दिया दुनिया को के ना लड़ाई के जनती सुन लगे गुल के दम सा हसा रे गुलाम रेन के दम बलिदान रेच में भगवान लगा हम तो अवतर रे और हसा न तो आयु धर रे पूरा हसा रे